Hey, <laughs> Jack

आओ क्यों के तुमने ठीक से दया बजाई

ये रस्सी बैठ क्यों ले रही है

तुम आसमान से कैसे गिर गई मुझे नहीं पता मुझे जल्दी घर जाना होगा

हो तुम ये क्या कर रहे हो मार क्यों रहे हो चलो सुन लो बेटा इसे माफ कर दो अब चलो <laughs>

हाँ! अरे ये तो काम कर गया निकला। <laughs> अरे वहाँ चलो अच्छा है जी जिस तरह अपनी छोटी बहन का ध्यान रखता है, तुम्हारा भी रखेगा। <laughs> हे सुनो। क्या बात है? ये मेरा छोटा भाई है उसका ध्यान रखना समझे? तुम्हारा छोटा भाई क्या नोबिता ये तुम क्या कह रहे हो

इसकी हंसने वाली क्या बात है अगर तू मेरे छोटे भाई पर हंसोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा हाँ तो हम तो मेरे छोटे भाई को उस नए खिलौने ऐसी खेलने दो खेल अच्छे खेल से खेलना मेरे भाई मुझे नहीं चाहिए डरो मत लो न

चलो नदी किनारे चलते हैं

मदद करूँगा चलो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो जल्दी भागो जो मिता करके भागो मुझे छोड़ दो तो तुम तो सच में बहुत कमजोर हो तो चलो घर चलते हैं। हा?

चलो घर चले नोबिता को कुछ ज्यादा ही देर हो गई है लेकिन नोबिता और जियान बहुत ज्यादा खुश भी लग रहे थे तो फिर भी एक बार जाकर चेक कर लेता हूँ जियान मुझे घर जाना है अरे तुम्हें ये बात कितनी बार बतानी होगी यही तुम्हारा घर है और तुम मेरे छोटे भाई हो पर मैं तुम्हारा भाई न

अरे तुम ये समझ ही नहीं रहे हो अरे हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाता हूँ जरा रुको वो शायद मेरा पेट भरा हुआ है अरे शर्माओ मत हम भाई हैं। मैं जल्दी बना दूँगा तब तक तुम बस गाना सुनो और आराम करो मैं

chalega

हाँ? कौन है? ये क्या किया नोबिता भैया मुझे बचाओ हुआ? तो ये तुम्हारा तो भाई है उस पर सरमाना है तुमने कुछ में नहीं, नहीं, नहीं किया अगर किसी क्या तो क्या? हाँ? आ, ये तो स्वादिष्ट लग रहा है ये सब मुझे दे दो हाँ? हाँ? तो कितना स्वादिष्ट है

पर है ना वापस करो

パンディクがホランスポーターの提供で復帰しました。